हालात देख के छोड़ गई थी ना आने वाला नवाब होगा मैं कुछ नहीं बोलूँगा मेरी जान मेरा वक्त तेरा जवाब होगा